सत्ताईस नक्षत्रों में से भरड़ी को दूसरा नक्षत्र माना जाता है भरणी नक्षत्र का प्रबल प्रभाव जातक के व्यक्तित्व को बल प्रदान करता है जिसके चलते भरिड़ी नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक सामान्यता अपने जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी कठिनाई से भी विचलित नहीं होते हैं और बहुत ही इतमान से उन कठिनाइयों को हंसके पार कर लेते हैं बहुत ही बड़ी हानि उठाने के पश्चात भी शीघ्र ही समझ जाना भरणी नक्षत्र के जातकों से कोई सीखे अपने प्रयासों को पुनः प्रारंभ करना मतलब आप मेरा समझे नहीं भरणी नक्षत्र के जातक यदि असफल होते हैं तो वो लोग हार नहीं मानते पुनः अपने प्रयासों को आरंभ कर देते हैं भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं प्रयास करना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है और ये इनके नेचर में शामिल होता है ये जातक सफलता या असफलता को बहुत महत्व नहीं देते हैं क्योंकि शुक्र के प्रभाव में आने के कारण भरणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं सामान्यतः किसी ना किसी प्रकार की रचनात्मक प्रवृत्ति इनके अंदर रहती ही रहती है तो दर्शकों आज भरणी नक्षत्र के बारे में हम बात करेंगे और ए टू जेड जो भी चीजें होंगी उसको आज हम खोल के रख देंगे सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो भरणी नक्षत्र होते हैं इसके स्वामी देवता जो होते हैं इसके स्वामी शुक्र होते हैं और इसके देवता यम होते हैं यम अर्थात भगवान सूर्य के पुत्र और छाया के पुत्र मतलब इनकी जो उत्पत्ति हुई है सूर्यदेव और छाया इनकी माता है और सूर्यदेव इनके पिता है राशि जो आती है मेष जो है राशि आती है तेरह अंश बीस कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक की जो है क्षेत्र जो होता है ये भरणी नक्षत्र के जो है अंतर्गत आता है भारतीय खगोल में ये दूसरा नक्षत्र माना जाता है इसके तीन तारे हैं इस नक्षत्र को क्रूर की निर्दयी की सक्रिय कर्मठ कृतवाच्य नक्षत्र है ज्योतिष में क्षतिकारक ये नक्षत्र माना जाता है दूसरों को हानि कराना इन नक्षत्र के जातकों का जरा गुण होता है छल देना कपट के साथ धोखा देना तथा किसी भी कार्यों में विघ डालना आदि कर्मसिद्ध होते हैं ऐसे जातक वहीं अश्वनी के पूर्व में स्थित स्त्री की योनि के आकार में तीन तारों का ये समूह भरणी नक्षत्र का प्रतीक होता है भारतीय खगोल शास्त्र में भरणी नक्षत्र दूसरा नक्षत्र है ये हमने आपको पूर्व में ही बता दिया देखिए दर्शकों जो भरणी नक्षत्र होता है कर्मठ होता है कृतवाच्य होता है और ज्योतिष में इसको क्षतिकारक नक्षत्र की संज्ञा दी गई है इस नक्षत्र में जिनका जन्म होता है वो लोग दूसरों की हानि करने से नहीं चुकते हैं छल कपट करना धोखा देना विघ्न डालना इन सब जो है चीज़ों में माहिर होते हैं इसके साथ साथ दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो क्या कहते हैं भरणी नक्षत्र की जाति होती है शूद्र जो होती है योनि गज होती है इसके अलावा गढ़ जो होता है मनुष्य होता है और नारी मध्य होती है भरणी नक्षत्र पश्चिम दिशा का जो है मतलब इस पर आधिपत्य रहता है, स्वामी रहते हैं यमराज के बारे में दर्शकों हम जो है जानते हैं यम या यमराज अर्थात मृत्यु के देवता इन्हें सूर्य और संजना छाया का पुत्र माना जाता है यम का अर्थ होता है जुड़वा पौराणिक कथाओं में इन्हें यमी यमुना का जुड़वा भाई भी बताया गया है देखिए दर्शकों यम का अर्थ होता है रोकने वाला अतः ये मानव जाति को रोकने वाले हैं इन्हें नरक का स्वामी भी माना जाता है यम जो होते हैं ये न्याय के देवता होते हैं व मृतात्मा के न्यायाधीश हैं मृतात्मा मतलब होता है जिनकी मृत्यु हो जाती है आत्मा को कर्म के अनुसार फल देना ये यम का काम होता है आ, ऐसी मान्यता है कि यम विवासत्व ऋषि विवासत्व के पुत्र हैं यम योग की आठ शाखाओं की प्रथम शाखा भी होती है अब दर्शकों कुछ विशेषताओं पर बताते हैं तो जिनका भी जन्म भरणी नक्षत्र में होता है तो ऐसे जातक जो होते हैं उनके जीवन की जो विशेषताएं होती हैं, उत्तरार्थ में परिलक्षित होती है जातक अपने विश्वासों में कट्टर होता है दृढ़ विश्वासी होता है अत्याचार या उत्पीड़न से स्वयं और दूसरों को बचाता है न्याय के क्षेत्र में इनका दबदबा ज्यादा रहता है ऐसे जातक जिनका जो है जन्म भरणी नक्षत्र में होता है सत्य होते हैं निरोगी होते हैं रोग इनके कम आते हैं उत्तम विचार वाले दृढ़ प्रतीक वाले होते हैं ये अपने विचारों के झकी होते हैं जिससे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं ऐसे जातक प्रेम को अपने जीवन में प्राथमिकता देने वाले विरोधाभासों से परे होते हैं और विपरीत लिंग के प्रेमी होते हैं निंदा सहने वाले भोगविलासी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं बहुत ज़्यादा जिम इत्यादि जाते हैं वर्कआउट वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो है करते हैं पुरुष जातक की यदि हम बात करें तो ऐसे पुरुष जातक जिनका नक्षत्र भरणी नक्षत्र में होता है इनका मध्यम कद होता है इसके अलावा इनके जो है शरीर पर अल्प रोम मतलब कम जो है रोम रहते हैं रोम उन्नत ललाट इनकी ललाट बहुत जो है उन्नत होगी चमकीली आंखें होती हैं सुंदर दांत होते हैं लंबी गर्दन वाले होते हैं गुलाबी वर्ण वाले होते हैं यदि दोपहर में जन्म होता है तो जातक का जो सर होता है ये लंबा होता है जातक की हाइट भी लंबी होती है और कनपटी के पास से इनका जो सर रहता है वो चौड़ा रहता है भरड़ी में जो जन्मे जातक होते हैं देखिए सब लोग इनको नहीं पसंद करते हैं जबकि ये सहृदयी होते हैं और किसी को नुकसान ये जल्दी नहीं पहुँचाते हैं नुकसान पहुँचाते इनका गुड़ है लेकिन जल्दी नहीं पहुँचाते जब तक कि इनको कोई जो है छेड़ता नहीं है ऐसे जातक स्पष्टवादी होते हैं विरोध को सहने वाले होते हैं स्वचेतना अनुसार कार्यकारी और प्रतिद्वंदी की गलती को क्षमा ना करने वाले अहंकार रहित होते हैं जातक का जो जीवन होता है 33 वर्ष की उम्र में सकारात्मक इनके अंदर जो है परिवर्तन होते हैं ऐसे जातक बहुत बड़े शल्य चिकित्सक हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के बहुत बड़े जज हो सकते हैं ऐसे जातकों का विवाह भी 27वें वर्ष में अधिकतर देखने को आता है कि होता है पत्नी गृह में इनकी दक्ष होती जातक का जन्म भरड़ी के प्रथम या द्वितीय चरण में यदि होता है तो पिता की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है ऐसा जातक बहुत ही कम भोजन करने वाला होता है जीवित रहने के लिए ही ये लोग भोजन करते हैं भोजन के लिए नहीं जीवित रहते हैं तो ये इनकी एक खूबी होती है यदि आप स्त्री जातक हैं और भरिणी नक्षत्र में आपका जो है जन्म हुआ है तो देखिए आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर होंगी आपके दांत बिल्कुल वाइट होंगे और पंक्तिबद्ध नहीं होंगे थोड़ी सी दांतों में गैपिंग जरूर होगी जातक का जो चरित्र होता है ये पवित्र होता है प्रशंसनीय होते हैं और अहंकार रहित होते हैं ऐसी जातिकाएँ जिनका जन्म भरणी नक्षत्र में होता है ये लोग सबका सम्मान करती हैं ये लोगों की यदि हम जो है कार्यक्षेत्र की बात करें तो एचआर से रिलेटेड बहुत अच्छा इनका वर्क रहता है सेल्स में भी ये काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा काम करती हैं कोई बहुत बड़ी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की भी जो है भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता है लेकिन थोड़ी सी आक्रामक होती हैं घर की मुखिया होती हैं और सुअवसर का ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं करते रहते हैं इनकी इच्छा पूर्ति जो होती है ये लगभग जो है छत्तीसवें वर्ष में होती है इनका विवाह कम उम्र में लगभग तेईस से लेकर पच्चीस वर्ष के 25 की बीच में होता है विभिन्न आचार्यों ने चाहे वो बराहमिहीर हो गए फिर चाहे वो महर्षि परासर हो गए इन्होंने भरणी नक्षत्र के बारे में तमाम फलादेश दिए हैं तो इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं तो बराहमिहीर ने क्या कहा है बराहमर कहते हैं कि भरणी नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो वचन का पक्का होता है दृढ़ होता है एक धुन में चलने वाला होता है स्वस्थ होता है सत्यवादी होता है काम का यदि बीड़ा उठा ले तो उसको पूरा करके ही छोड़ता है दूसरा दर्शकों एक हमारे ऋषि हैं और बहुत ही फेमस ऋषि हैं इनका नाम है महर्षि पराशर। ज्योतिष के तमाम सूत्र इन्होंने दिए हैं इनके मतानुसार कि जातक अपने व्यवहार से बदनाम हो जाता है मनोविनोदी होता है शीघ्र सफलता के लिए लालायत रहता है ये लोग ऐसे जातक पानी से भयभीत रहते हैं सुरा सुंदरी से परहेज करने वाले नहीं होते हैं मतलब सुर, सुरा सुंदरी ये तीनों का जो है उपभोग करते हैं भरणी नक्षत्र पर यदि कुप्रभाव हो तो ऐसे जातक झूठ बोलने वाले साध्य पर दृष्टि रखने वाले पवित्रता पर ध्यान नहीं देने वाले दूसरों का धन हड़प हड़पने वाले व्यवहार से अपने शत्रु बना लेने वाले और पुत्रवान होते हैं ऐसे महर्षि पराशर ने कहा है आ, पराशर जो ऋषि हैं देखिए दर्शकों इनकी बातें कई हद तक की हमको बहुत ज़्यादा जो है जातकों के जीवन में सत्यता प्रतीत होती है जो लोग आते हैं भरणी नक्षत्र वाले तो इन्हीं की बातों को लेकर के हम फलादेश भी देखिए करते हैं देव ऋषि नारद का जो है मत है कि जिनका भी नक्षत्र भरणी नक्षत्र में हो, होता है ये लोग कम खाने वाले होते हैं प्रेम करने में प्रबल होते हैं और समान वर्ताव करने वाले होते हैं वाक्पटु अपने वाक्य से किसी को भी जो है अपने जो है वश में कर लेते हैं तो दर्शकों चंद्रमा के ऊपर आ जाते हैं चंद्रमा यदि भरणी नक्षत्र में हो तो क्या स्थिति होती है तो देखिए दर्शकों यदि चंद्र भरणी नक्षत्र में हो तो जातक विश्वसनीय उद्योगी निरोगी सफल चिंता रहित नेता कोई बहुत बड़ा नेता किसी बहुत बड़े मिनिस्टर पद और रहस्य विद्या का अनुसंधानक होता है लेखक या प्रकाशक होता है जातक का जीवन संघर्षपूर्ण और रुकावट युक्त होता है 33 वर्ष की उम्र के पश्चात भाग्योदय होता है कार्लमार्क्स को आप जानते होंगे जर्मनी के बहुत ही प्रखर समाजवादी नेता थे और मार्क्सवाद के जनक भी थे तो चंद्रमा इनके जन्म के समय इसी राशि में था ब्राह्म के अनुसार चंद्र का जो प्रभाव होता है यदि चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो साधन सम्पन्नता खुशहाली स्वस्थता ईमानदारी का दायक होता है यदि सूर्य भरणी नक्षत्र में है तो विद्वान होता है ऐसा जातक उक्त युक्ति में निपुण होता है कोई बहुत प्रसिद्ध राजनेता होता है तथा टेररिज्म भी होता है आतंकवादी भी बन सकते हैं रचनात्मक क्रोधी अहंकारी संपत्तिवान होते हैं कोई कोई जातक सक्रिय मार्गदर्शक अन्यवेशक होता है सद्दाम हुसैन का आपने नाम सुना होगा हो इराकी जो तानाशाह थे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु हुई तो इनके जन्म के समय सूर्य का जो नक्षत्र था ये भरणी नक्षत्र में था बहुत अधिक कहने की जरूरत नहीं है आपको पता ही होगा इनका नेचर क्या रहा यदि लग्न भरणी नक्षत्र में हो देखिए दर्शकों जब भी आप लोग कुंडली देखते हैं तो पहले देखा करिए लग्न किस नक्षत्र में है तो लग्न यदि भरणी नक्षत्र में हो तो जातक अग्रणी होता है अग्रणी ग्रामड़ी भगवान विष्णु का भी ये नाम है देखिए विष्णु साहस नाम जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे तो लग्न यदि भरली नक्षत्र में हो तो जातक अग्रणी होता है साहसी होता है विश्वास युक्त होता है थोड़ा सा अपने ऊपर एटीट्यूड वाला या कह लीजिए ईगो वाला होता है दोस्त और परिवार का मददगार होता है और अल्पसंतति वाला होता है स्वामी नित्यानंद जी की कुंडली में लग्न जो था ये भरली नक्षत्र का था और आप लोग जानते हैं कि इनके क्या क्या गुण थे और क्या क्या इनके दोस्त थे चलिए भर्री नक्षत्र के चरण फल की बात कर लेते हैं चार चरण होते हैं प्रत्येक नक्षत्र के तो प्रथम चरण में यदि आपका जन्म हुआ है तो प्रथम चरण में सूर्य का प्रभाव रहता है इसका स्वामी सूर्य होता है इसमें मंगल शुक्र सूर्य का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि तेरा... प्रथम चरण जो रहेगा ये मेष राशि में तेरह अंश जो है बीस कला से लेकर के सोलह अंश कला तक रहेगा आ... संकल्प दृढ़ इच्छा शक्ति इसके गुण धर्म है अपने ऊपर ये लोग केंद्रित रहते हैं ऐसे जातक सिंह के समान इनकी आंखें मोटी होती है दूसरा सुस्तीले होते हैं मतलब सुस्त होते हैं इनकी नाक मोटी होती है छोटा सा ललाट होता है इनकी भवें घनी होती हैं तथा आगे का जो इनका शरीर होता है फैला हुआ होता है जिनका जन्म जो है पहले जो है चरण में हुआ होता है इनकी शिक्षा एजुकेशन अच्छी होती है बहुत बड़े ज्योतिषी बन सकते हैं न्यायाधीश बन सकते हैं अध्यात्म की ओर जो है जा सकते हैं बहुत ही अच्छे मोटिवेशन स्पीकर हो सकते हैं अध्यापक हो सकते हैं इवन जो है जातक ऐसे जातक जो होते हैं अहंकारी होते हैं कठोर प्रकृति वाले शत्रुओं से रक्षा करने वाले और विशाल हृदय वाले होते हैं ऐसे जा कहीं कहीं -कही देखने में आता है कि चोरी के गुण भी इनके अंदर पाए जाते हैं वही यदि भरिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है तो इस पर बुद्ध का आधिपत्य रहता है क्योंकि इसका स्वामी भी बुद्ध है और इसमें मंगल शुक्र बुद्ध का प्रभाव ज्यादा रहता है मेष अंश में सोलह अंश चालीस कला से लेकर के बीस अंश तक की जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता ऐसे व्यक्ति सेवा संगठन कार्य प्रबंधन धैर्य परोपकार की भावना इनके अंदर रहती है ये इनके गुणधर्म है ऐसे जातक तक श्याम वर्ण वाले मृग समान नेत्र वाले इनकी कमर पतली रहती है कठोर पैर के पंजे रहते हैं जो इनका ललाट होता है ये मोटा होता है और एक चीज़ बता दें इनका जो उदर होता है अर्थात पेट होता है ये आगे की ओर निकला हुआ होता है ऐसे जा तक, आ, मोटी भुजा वाले डरपोक और डांस टीचर भी ऐसे लोग हो सकते हैं ऐसे जातक विपरीत लिंग का आशिक चतुर मूर्तिकला का ज्ञानी होता है धार्मिक होता है और प्रेम विवाह अवश्य अपने जीवन में करता है ऐसे जातकों के दो विवाह के भी योग बनते हैं लेकिन उसके लिए कुंडली का नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ती है और सप्तम स्थान के अधिपति की क्या पोजीशन है लेकिन ओवरऑल यदि दूसरे चरण में हुआ है तो ये गुणधर्म देखने को मिलेगा तीसरे चरण की ओर चलते हैं कि यदि आपका जन्म भरड़ी नक्षत्र के तीसरे चरण में हुआ है तो चूंकि शुक्र का इस पर आधिपत्य रहता है राशि स्वामी शुक्र हैं इसमें मंगल शुक्र और शुक्र का ही प्रभाव देखने को मिलेगा इसका विस्तार 20 20 अंश अंश से लेकर के 23 कला तक की देखने को मिलता है ऐसे जातक जो होते हैं ये तर्क से सहमत जल्दी नहीं होते हैं ऐसे जातक कम समय में अनेक कार्य करने वाले होते हैं विपरीत लिंग का अत्यधिक आकर्षण होता है उसके अलावा अभिलाषा पूर्ति इनके अंदर बहुत ज्यादा रहती है ऐसे जातक जो होते हैं ये ऊपर से कड़े होते हैं अंदर से जो है बहुत ही नर्म होते हैं इसके साथ साथ इनकी जो पत्नी होती है बहुत करकशी होती है, उल्टा स्त्री जिसको बोलते हैं ऐसे लोग कभी कभी मटर भी कर देते हैं ऐसे जातक विशाल शरीर वाले होते हैं जातक बहुत ज़्यादा इनके अंदर अहम की भावना रहती है Uh, स्वयं का उद्योग करने वाला जातक होता है अपना बिजनेस करता है इसके अलावा कामुक होता है और कामातुर होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला भी होता है इस चरण में मंगल और शुक्र प्लस शुक्र के यदि हम प्रभाव की बात करें तो ऐसे जातकों के अंदर यौन आकर्षण ज़्यादा रहता है यौन क्रीड़ा में लोग ज़्यादा जो है मतलब जो है निपुण रहते हैं और इनके ऊपर एलिगेशन्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं यदि भरिणी नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो चूंकि मंगल इसके स्वामी हैं और इसमें मंगल शुक्र मंगल का प्रभाव रहेगा मेष राशि में 23 अंश 20 कला से लेकर के 26 अंश 40 कला तक की जो है इसका प्रभाव क्षेत्र देखने को मिलता है ऐसे जातक जो होते हैं वानरमुखी होते हैं भूरे केस होते हैं गुप्त रोगी होते हैं हिंसक होते हैं असत्यवादी होते हैं और मित्र से सदव्यवहारी रहते हैं चूंकि ऐसे जो जातक रहते हैं इनके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा रहता है ऐसे जातक अन्वेषक हो सकते हैं आविष्कारक हो सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ हो सकते हैं छायाकार हो सकते हैं पैथोलॉजिस्ट हो सकते हैं और जग्गा जासूस भी हो सकते हैं मतलब डिटेक्टिंग का काम करते हैं जासूसी का काम करते हैं ऐसे जातक कुसंगत क्रूर अहंकारी दुर्धर्म झूठे झूठ जुट बोलने वाले वाचाल और कुछ अच्छी आदतों वाले भी होते हैं तमाम आचार्यों के चरण के अनुसार हमने आपको फल बता दिया है लेकिन जो है मानस जो है मानसागरी में भी देखिए लिखा है कि भरडी के पहले चरण में चोर दूसरे चरण में कालभाषाहीन, तीसरे चरण में योगनिंद्र और चौथे चरण में निर्धन होते हैं वही यौनाचार्य ने लिखा है कि भरड़ी के पहले चरण में त्यागी दूसरे चरण में धनी व तीसरे चरण में जो होते क्रूर कर्म करने वाले और चौथे चरण में जिनका जन्म होता है ये दरिद्र होते हैं तो दर्शकों ये तो था भरिणी नक्षत्र के बारे में हमने आपको सब कुछ लगभग बता दिया है और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं नक्षत्रों से जुड़ा हुआ और भी वीडियो हमारे इस चैनल पर देखिए दर्शकों पढ़ता रहेगा तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है दीजिए इजाज़त और आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो हमारी जो है क्या कहते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं आपकी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा ही किया जाएगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार